हरे कृष्णा तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में तो आज हम दो चीजें लेंगे वैष्णव एटिकेट और जो एट चैप्टर मंडे से शुरू होगा उसका जो आ, ग्लोरीज है उसकी जो वो पढ़ेंगे खाली उसे पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि अच्छे एट चैप्टर पढ़ के क्या होता है ठीक है जो शिव जी पार्वती को सुनाते हैं तो वो हम पढ़ेंगे पहले हम मंगलाचरण करते हैं ओम्ञान तेराधस्लाकया चक्षुरा निमित ये ना तस्म श्रीगुरव श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित यो न भूतले स्वयं रूप कदा ददाते सप्तांतिक वंदेहम श्रीगुरोप कमल श्री गुरून वैष्णवाश रूपम सहंतं। श्री रूपमं सागजाता सहगढ़ रघुनातामृतम तम सजीव सवधूत पर्यन सहत चैतन्यम श्रीराधा कृष्ण पदा सहगढ़ ललिता श्री विशादाच हे कृष्ण कुणा सिंधु दीनबंधो जगत पे गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचना गौराधे वृंदावनेश्वरी वृषभसुते देवी परमामी हरी प्रिवांछाकूस कृपा सिंधुभ्य च पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वेतर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे रामा, राम, राम राम हरे हरे रामाय राम भद्राया राम चंद्राय वेद से सीताय पते नमः नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते दिवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्शेषून्यवादी पाश्चात हरे कृष्णा ठीक है तो पहले हम ग्लोरीज़ पढ़ते हैं उसके बाद वैश्विक करेंगे तो ग्लोरीज़ मतलब कि आठवां चैप्टर शुरू होने वाला है तो क्या महिमा है इसकी आठवें चैप्टर पढ़ के क्या होता है और क्या महिमा है इसकी क्या है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अध्याय आठ की महिमा दिखाई दे रहा है ठीक भगवान शिव ने कहा मेरी प्यारी पार्वती अब कृपया श्रीमद भगवदगीता के आठवें अध्याय की महिमा सुने इसे सुनने के बाद आपको अत्यंत सुख का अनुभव होगा दक्षिण में अमर अमरदकापुर नाम का एक महत्वपूर्ण नगर है जिसमें भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसने एक वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया था भाव शर्मा को मांस खाना शराब पीना चोरी करना शिकार करना एवं अन्यों की पत्नियों का सं अच्छा लगता था एक दिन उस पापी भव शर्मा को एक भोज में आमंत्रित किया गया जहां उसने इतनी मदिरा पी ली कि वह उसके मुंह की उसके मुंह से अः वह उसके मुंह से निकलने लगी जो दारू पी रहा था तो पीने लगा कि बाहर निकलने लगी दारू भोज के बाद वे बहुत बीमार हो गया और गंभीर पेचिश से पीड़ित हो गया पेचिश कौन सी बीमारी है पता नहीं हिंदी में कोई लैंग्वेज है पेचिश डाल के देख लेना कब बात में पैचिस से पीड़ित हो गया और कई दिन पैचिस की बीमारी उल्टिया उल्टी की बीमारी पैचिस पता नहीं पता नहीं तो कैसे बताता और कई दिनों की पीड़ा के बाद वे मर गया और एक खजूर के पेड़ के शरीर को प्राप्त हुआ देख रहे हैं दारू पी के मर रहा था तो खजूर का पेड़ मिल गया तो पेड़ मिल गया खड़े रहे कुछ नहीं कह सकते तो एक दिन दो ब्रह्मस आए और उस पेड़ के नीचे शरण ली उनकी पिछली जीवन कथा इस प्रकार थी तो कथा के अंदर दूसरी कथा कुशीवल नाम का एक ब्राह्मण था जो वेदों में बहुत विद्वान था और उसने ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन किया था। उस आ, उनकी पत्नी का नाम कुमती था जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी हालांकि वह ब्राह्मण बहुत विद्वान था लेकिन वह भी बहुत लालची था मतलब वो ब्राह्मण था जब वो जाता था ग्रस्तों के पास और दान मांगता था तो दान मंदिर में ना देखे और अपने से ऊपर ना देखे खुद यूज करता था लालची था और उसकी पत्नी तो बता ही रहे उसकी पत्नी कैसी थी उसकी पत्नी भी दुष्ट थी दुष्ट प्रवृत्ति की थी वह अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन बहुत सारा दिन एकत्रित बहुत सारा धन बहुत सारा दान एकत्रित करता था लेकिन वह कभी किसी अन्य ब्राह्मण को दान नहीं देता था जब जब उनकी मृत्यु का समय आया समय आया तो वे दोनों ब्रह्म रूप प्राप्त करें अब देखो जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण होके भक्ति कर रहे हैं लेकिन संघ में दूसरा काम भी कर रहे हैं ठीक है खुद ले रहे हैं पैसे तो फिर ये मरने का भ्रमराक्ष से बनते हैं या मान लो कोई भक्ति कर रहा है और वो मर जाए मतलब तो फांसी लगा दी आत्महत्या कर दी कूद गया ठीक है तो फिर वो ब्रह्मराक्ष से बनते क्यों क्योंकि कभी अकाल मृत्यु तो होती नहीं जो भक्ति कर रहा है कहीं एक्सीडेंट ऐसे वगैरह के भी भगवान रहती है अब खुद ही जो मर रहा है कोई तो क्षस तो बनता तो है तो सबसे तो हैं, हैं, मतलब जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वे दोनों ब्रमराक्षस का रूप प्राप्त करे और ब्रम्हराक्षस के रूप में निरंतर भूख और प्याज से पीड़ित होते हुए पृथ्वी पर भटकते रहते हैं तो ये वही ब्रह्मराक्षस दोनों है जो उस खजूर के पेड़ पैसे आए थे एक दिन उन्होंने एक दिन उन्होंने उस खजूर के पेड़ के नीचे विश्राम दिया उस समय पत्नी ने पति से पूछा ब्रह्म राक्षस होने के इस श्राप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं मान लो कि हमने इतना गलत काम किया हम ब्राह्मण थे हम कैसे मुक्त हो ये पूछा लेकिन क्योंकि वो विद्वान था विद्वान विद्वान ब्राह्मण था ना मान लो उसने चापूसी करी पैसा कमाया अपने यूज किया लेकिन था तो विद्वान फल से तो उन्होंने उत्तर दिया ब्रह्म के ज्ञान से आत्मा के ज्ञान से कर्मों के ज्ञान से हम इससे मुक्त हो सकते हैं तो इस तरह के ज्ञान के बिना हमारी पापपूर्ण कर्मों के फल से मुक्त होना संभव नहीं है तो ब्रह्म के ज्ञान से तो अगला श्लोक में क्या आएगा प्रश्न क्या है ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है ठीक है कर्म क्या है सकाम कर्म क्या है और ये भौतिक संसार क्या है सात क्वेश्चन आएंगे उन सातों क्वेश्चनों का आंसर चलेगा एट चैप्टर में तो क्वेश्चन सही से लिख लेना क्वेश्चन क्या, क्या है तो उसके बाद आंसर पता चलता है ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है कर्म क्या है सकाम कर्म क्या है पूछेंगे तो उसी के ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान से से से आत्मा के से, कर्मों के के के कर्मों इस तरह के के बिना हमारी पापपूर्ण कर्मों के फल से नहीं क्या पूछ लिया आठवे अध्याय का पहला श्लोक पहली लाइन पूछ लिया है है ना किम तदम और किम आध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम तो ये तो कर दिया है तो सहसा पत्नीय के, के पहले श्लोक का आधा भाग का उच्चारण उस उस आधे श्लोक को सुनकर जो भव शर्मा थे जो खजूर पेड़ बने हुए थे पेड़ की योनी से मुक्त हो गए और फिर फिर से एक ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त किया जो सभी पापों से पूरी तरह मुक्त था फिर से ब्राह्मण का रूप प्राप्त किया और जो बिल्कुल पाप से मुक्त था आपकी बात अचानक आकाश से एक विमान आया जो उस पति पत्नी को वापस वैकुंठ ले गया पति पत्नी बैठे थे ना प्रभा से उनको वापस ले मतलब उसे का शरीर मिल गया मुक्त कापों से और वो वहां चला गया तथ तत... खजूर के योनि में था सुन रहा था ना वो सुनते ही तो गया वो बिना सुने कैसे जा सकता ऑप्शन तो सबसे मैन क्या है श्रवण गर्मा ठीक है तत्पश्चात श्रवण कीर्तन कीर्तन कर रहा था ना वो श्रवण कर रहा था और जो कीर्तन कर रहा है वो खुद भी श्रवण करता है तत्पश्चात उस ब्राह्मण भव शर्मा ने बड़े सम्मान के साथ वह आधा श्लोक लिखा और भगवान कृष्ण की पूजा करने की इच्छा से वह काशीपुरी गया और निरंतर आधा श्लोक जब करते हुए बड़ी तपस्या करने लगे मतलब वही आधा श्लोक और रटने लगा हुआ इस बीच वैकुंठ में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को आराम करने से अचानक उठ देख हाथ जोड़कर पूछा आप अपनी नींद से अचानक क्यों उठ गए तो भगवान विष्णु ने कहा मेरी प्रिय लक्ष्मी काशीपुरी में गंगा नदी के तट पर मेरा के अध्याय के का तपस्या तपस्या कर रहा है मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि उनकी भक्ति को कैसे पुरस्कृत करूं मतलब कैसे उसको भक्ति में लाऊ कैसे थोड़ा भक्ति कर दो कैसे पुरस्कृत करूं सोच रहा था तो पार्वती ने भगवान शिव से पूछा जब भगवान विष्णु अपने भक्त से इतने प्रसन्न थे तो उन्होंने उसे क्या वरदान दिया तो भगवान शिव ने कहा भव शर्मा बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरण कमलों की शाश्वत सेवा में संलग्न होने के लिए मतलब संलग्न हो गए इतना ही नहीं उनके सभी पूर्वजों ने भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त किया पूर्वज मतलब पीढ़ी पीढ़ी सबका उद्धार हो गया तो मेरी प्यारी पार्वती मैंने आपको श्रीमत ताकि आठवें अध्याय की महिमा के विषय में बस थोड़ा सा बताया बहुत है थोड़ा सा बताया अब बताओ अब कौन आठवें चैप्टर को सही से सुनेगा क्या क्वेश्चन है आ, ब्रह्म क्या ब्रह्म ब्रह्म ओके है आत्मा क्या है तो कल सातवें सातवेंता लास्ट के श्लोक बताए थे ना आदिभूत आदि, आदि यज्ञ और आदि देव ये तीनों एक तीन ये तीन तो ये प्रश्न हो गए ठीक है और कर्म क्या है आत्मा क्या है दो ये हो गए भौतिक संसार क्या है ठीक है चार ऐसे सात है क्वेश्चन तो सा तो तो घर क्योंकि यहाँ पे रसोई में भगवान के लिए प्रसाद बनता है वो भोग बनता है तो भोग बनता है तो बड़ा सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए क्योंकि तो भगवान को जा रहा है तो उसी से सारा कुछ हो रहा है ना क्योंकि वही फिर हम ग्रहण करेंगे वैसी हमारी चेतना बनेगी फिर वैसी परि करेंगे तो रसोई घर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से ठीक है रसोई घर मंदिर का विस्तार रूप है मतलब एक तरह से मंदिर ही है रसोई घर भी क्योंकि तो भगवान का प्रसाद बनता है वो भोग बनता है इसलिए वो रसोई घर मंदिर का एक विस्तार रूप है क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है इसलिए रसोई में किए गए सभी कार्य शिव ग्रहों की सेवा समझ अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सावधानीपूर्वक करने चाहिए सावधानी पूर्वक करने चाहिए मतलब कि साफ सफाई रखनी चाहिए कोई कीडे मकोड़े ये ना मड रहे है वहां पे और अपने को भी स्वच्छ रखना चाहिए बाल बंधे होना चाहिए बाल नहीं गिरने चाहिए ये सब चीजें और सबसे ज्यादा भाव होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए बना रही हूँ भाव ये नहीं होना चाहिए मैं अपने लिए बना रही हूँ भाव होना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए बना रही हूँ और मैं क्या अच्छा से अच्छा कृष्ण के लिए बना सकती हूँ कृष्ण तो हर हर दिन अलग वेरायटी से कुछ ना कुछ खाते हैं जो कि रिपीट नहीं होता लेकिन हम तो भी रिपीट करते रहते हैं एक साल से रिपीट ही तो हो रहा है नया क्या बनाया नया कुछ बनाया किसी ने वही पनीर बनती है वही कड़ी बनती है वही तुरैया वही भिंडी वही वही सब्जी सब, वही बनता है हर बार तो नया कुछ है ही नहीं तो भगवान नया बना रहे तो कुछ नया देखो ढूंढो क्योंकि सबने ढूंढा ही है ना कहीं ना कहीं से बनाना सीखा तुम बना लोगी तो वही धीरे धीरे वही बनने लगेगी सब सीखा ही है ना जैसे इस्कोन में कितनी वेरायटी की चीज बन सकती है छप्पन वो बनते हैं तब देखो कि कैसे कैसे वैरायटी की बनती है और हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले हैं ना यहाँ तक कि जो हल्दीराम ये लोग बेहोश हो गए थे हम ही नहीं बना सकते कहाकॉन में बनती है जो यमुना माता है यमुना में नाम में बोल रहा हूँ उन्होंने किताब लिखी है कुकिंग के ऊपर भगवान की कुकिंग के ऊपर कितने प्रकार के खाना बनते है उसमें सारी डिटेल है कितने प्रकार एकदम कितने प्रकार के पागल हो जागो पढ़ते पढ़ते इस तरीके से बनता है तो इसलिए इसको कमी नहीं ना बनाते हैं कैसे बना दी पता नहीं चलता क्या बना दी ठीक है जैसे उस दिन मिर्ची थी और लग क्या रहा था बैगन नहीं बैगन थे बड़ी बड़ी वो लग था। नहीं लंबी लंबी मिर्ची थी और लग रही बैगन जैसी बैगन बनी पता नहीं क्या था मतलब बै... बै... बै... तो बड़ा बोगा ठीक है आगे पढ़ते हैं कहीं कहीं जहाँ मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है मान लो कि कहीं प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर में कोई मंदिर है जैसे राधा कृष्ण मंदिर है तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा वो होती है ना कि वहां से अच्छे से सेवा हो घर में फिर भी नहीं हो पाती लेकिन मंदिर में तो हो जाती है ना सही से तो वही बता रहा है परंतु तो घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का वह स्तर रखना संभव नहीं होता अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है उदाहरण के लिए रसोईघर अथवा के सामने भोजन न करने का प्रावधान है परंतु कुछ घरों में मंदिर रसोईघर तथा भोजन का एक ही कमरे में होता है इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता ऐसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए तो यहाँ बता रहे हैं जैसे कि जो मंदिर होते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहां तो सारी फैसिलिटी है अलग से भोग बनता आता है लेकिन घर में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं तो घर में कुछ कुछ छूट है मतलब छूट दी जा सकती है मतलब क्योंकि घर में कर नहीं पाए मान लो किराए पे रह रहा है रह, एक ही कमरा है वही मंदिर है वही खाना वही सोना तो फिर भगवान का अलग बेडरूम बना देना चाहिए पर्दा लगा देना चाहिए उसमें क्या भगवान विश्राम कर रहे हैं अब भगवान रेस्ट कर रहे हैं अब भगवान वो रहे हैं वगैरह वगैरह माल खुला है पर्दा भगवान खा रहे हो तुम भी खा रहे हो तो क्या फायदा है और ऐसे हमें भगवान के बाद पाना चाहिए भगवान से पहले और भगवान के सामने भगवान के पाने के बाद वो भी बर्तन धोने के बाद उस मर्तों को धोके फिर पाना चाहिए तो पे यही है कि कुछ छूट दी जा रही है तो हम वैसे कर सकते हैं फिर भी रखना, रखना स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए जैसा घर है मान लो कोई बड़े घर में रह रहा है तो उसे और अच्छे से पालन करना चाहिए और कम जो कम फैसिलिटी है तो कम लेकिन अपने जहां तक है बेस्ट से बेस्ट देना भगवान को ठीक है रसोई अच्छी होना चाहिए क्लीन एकदम और बाल का खास कर ध्यान रखना बाल गिर गया तो अशुद्ध हो जाता है वो फिर भगवान स्वीकार नहीं करते मान लो बाल तो गिर गया लेकिन जब अपन पा रहे हैं तब देखा बाल है उसमें पाया फिर भगवान ने नहीं पाया फिर हम मान लो अपन चलो तो उठा हटा दिया निकाल दिया उसमें से और जबकि बाल अशुद्ध होता है ना इसलिए तो बोलते हैं कि हम जब भी मंदिर में आ जाएगा तो आचमन क्यों करना चाहिए क्योंकि मान लो बाल पे हाथ भी लगते ना बाल तो शुद्ध है ना है नी और बाल से टच करने के तुम भी अशुद्ध हो गए अशुद्ध हो गए तो मंदिर में हाथ नहीं डाल सकते तो इसलिए आचमन करके हाथ आए नाखून नाखून भी अशुद्ध माने जाते हैं और नाखून से भी हाथ लग रहा है तो इसलिए जब भी हम भगवान की कोई डीटीस की सेवा करते हैं किसी भी तो हाथ धोना बहुत जरूरी है नहीं तो फिर खुशकुश रख सकते हैं नहीं है पॉकेट से निकालो खुशकुश किया पॉकेट किया पानी नहीं है जहाँ पे मंदिर को हाथ लगाना है तो वो भी रख सकते हैं ठीक है कहाँ पे थे हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे यह हमेशा भावना रहनी चाहिए यह हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए कि इन छोटी छोटी नियामक नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी उतनी हमारे मन में यह भावना जागरूक होगी कि हम स्वयं के लिए रसोई ना करके भगवान श्रीकृष्ण के लिए रसोई बना रहे तो फॉलो करोगे तो तुम्हारी चेतना फिर क्या रहेगी तुम्हें सफाई क्यों कर रही हूँ क्यों ये सब कर रही हूँ क्यों के लिए बना रही ना तो चेतना अपने आप आ जाएगी ठीक है जैसे कि प्रभु जी एक क्वेश्चन कर रहे थे कि एक माता जी थी उन्होंने उसमें जब आप उसमें जब आप रिपोर्ट में डाला था थार्टी मिनट थर्टी मिनट या वो कह रही मुझे ऐसी माताओं का ना बहुत गुस्सा आती गुस्सा आती है सुबह एक घंटे कम से कम किचन में रहती हुई खाना बनाती हूँ दोपहर में भी एक घंटा किचन में और शाम को भी एक घंटा किचन में तीन घंटे हो गए ना तो तीन घंटे की हेयरिंग तो पक्की रहती है ना कि घंटे हेयरिंग हो क्या मेरी अरे खाना बनाने में कानों से क्या संपर्क है खाना बनाते कानों में सुन सकते हो ना एक घंटा हेयरिंग हो फिर खाना बनाए फिर एक घंटे फिर खाना बना तीन घंटे तो अपने आप ही होगी ना कुछ करना ही नहीं पड़ता तो फिर भी उसमें रिपोर्ट में लिख रही है तो कह रहा है जब कर सकते हैं तो करनी चाहिए ना क्योंकि तो उसमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है खाना बनाने में आपने धुन में रहो अपने भगवान में हो बनाते तो? तो हियरिंग करनी चाहिए जैसे मान लो मैं रास्ते में जाता हूँ कुछ तो मेरी चालीस मिनट की हियरिंग हो जाती है उसके लिए मुझे कुछ प्रयास करना पड़ता है वो अपने आप ही हो रही ना वो तो मान लो तुम बैठ के बैठने में दिक्कत है ना तो बैठ के सुन रहे हो मन नहीं लग रहा भाग रहा लगेगा लेकिन अब तुम काम तो कर ही रहे हो अपना लेकिन माइंड से चल रहा है वो सारा कुछ कान से तुम रखा सुन सकते हो तो इसलिए ठीक है रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें जब भी हम रसोई घर में सेवा कर रहे हैं तो साफ स्वच्छ कपड़े पहनने बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों को रसोई घर में ना पहनें, जैसे कि सोच कर ली तो वो आप रसोई में नहीं जा सकते कपड़े पहन के चेंज करने के कर बारे ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम रसोई में ही जा सकते मंदिर है ना एक तरीके से वो रसोई में ही नहीं जा सकते ठीक है तो ये ध्यान रखना है मंदिर में रसोई की सेवा आरम्भ करने के पूर्व स्नान करना आवश्यक अति है घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है वहाँ की बता रहे हैं घर की बता रहे हैं घर में भी रसोई में हाँ रसोई में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ कपड़ा इत्यादि ना डालें रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए कुल्ला करने अथवा थूकने के लिए ना करें कुल्ला कर रहे हैं वहीं पे हाथ धो रहे वहीं नहीं करना चाहिए सिर्फ भगवान के बर्तन तो बर्तन और हाथ नहीं डालने चाहिए ठीक है और कपड़ा रखना चाहिए ये सब चीजें हमें करनी चाहिए बनाए गए पदार्थ का स्वाद देखने के लिए चकनी लेना चाहिए नमकना भी, भी, भी नहीं चाहिए चकना भी नहीं चाहिए क्योंकि कृष्ण के लिए बनता है बन तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही बन जाता है तो मैं ऐसे अंदाज से डाल दू विशेष रूप से जब बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है उन सारे बर्तनों थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद लेते हैं उनसे अलग रखें तथा अलग धोएं। तो बर्तनों की बात हो रही बर्तन अलग रखने चाहिए अलग रखें अलग धोएं और धोके जैसे मान लो सब्जी बनाई सब्जी का भोग लेके आए वो भोग किसमें कराना है जो बाकी तुम्हारी सब्जी है पलट दो रोटी उसी में मिला दो और कुछ भी बनाई है उसी मिला दो उन बर्तनों को बढ़िया से धो धोके रख दो ठीक है उसके बाद और भोग लगाने की विधि क्या है बताओ भगवान को भोग लगाने की विधि क्या है बताओ क्या पूरा पढ़ना नहीं है क्या तीन बार ये तीन बार नमो महावर्धन और तीन बार नमो ब्राह्मण और जय श्री कृष्णा लगा सकते हैं और हरे कृष्णा भगवान उसका भगवान को प्रणाम करना, भागवान है।, भागवान को करना है।, है रोज सुनते सुनते याद हो जाएगा और हाँ उसके बाद महाप्रसाद गोविंदे बोल के ही ग्रहण करना है नहीं है तो फोन में रख लो याद कर लो बजा लो करते करते याद हो जाएगा मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे याद है नहीं पर हो जाएगा मैं बस डेली रिपीट कर रहा हूँ तो हो जाएगा याद। जैसे महाप्रसाद गोविंद और एकादशी के दिन सिर्फ ऊपर की दो लाइन बोलनी है पूरा नहीं बोलना कुछ भी खाना है तो भोग लगाने के बाद हमें तभी पाना है महाप्रसाद गोविंदा जी ठीक है बड़े नियम है यार एक की बात एक नियम नहीं। पूरा तो है। जिस संसर्गजन्य रोग लगा हो उसे संभव हो तो रोसे घर में सेवा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसी व्यक्ति के संसर्ग से भोग तथा बर्तनों के दूषित होने की संभावना रहती है संसर्ग मतलब छूत के कुछ रोग होते ना अगर कोई किसी को रोग है हो हो हो या फिर और कोई रोग रोग रोग तो उनको खाना नहीं चाहिए उनके रोग से क्या है है है है भगवान का जो भोग भोग वो भी जाएगा छूने वाला रोग है ना अब भोग को छुएंगे तो भोग भी दूषित हो गया टाइप सी बात है तो माँ दादा निकल जाती है किसी को तो बंद रहते हैं तो ये सब बताएंगे ठीक है।, है मैं भूल जाता हूँ हाँ। कहा रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र भूमि अथवा शरीर के अधोभाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत हाथ को धो लें मान लो कचरा रखा है हाथ में जमीन पे आ गया कुछ धोले तो हाथ को रसोई घर में सेवा करते समय आवश्यक न, अनावश्यक ना बोलें सिर्फ भगवान के बारे में बोलना है ठीक है और भाई कथा सुननी अनावश्यक कुछ नहीं बोलना है पता चलता है कि फोन लगा लिया कांड लगा ली बात हो रही है बहनों से या भाइयों से या रिश्तेदारों से अब चल रही है बात को, अरे इसने कर दिया भूख भी बन रहा है तर रहा है वहीं पे तो पूरी चेतना मिलके उसमें चली गई और भोग लग गया भगवान ने ग्रहण नहीं किया पर वो तुमने पा लिया तुम्हारी भी चेतना वैसी हो रही इसीलिए इस कौन वाले मना करते हैं बाहर से पानी के लिए वैसे कोई दोष नहीं है दोष यही है कि उनकी चेतना नहीं होती उनकी चेतना ये नहीं होती की मैं कृष्ण के लिए बना रहा उनकी चेतना होती है कि पैसा कैसे मिले और क्या पता क्या आप घिसते हुए बना रहे हो है ना चेतना तो गुटका में है ना तो इसीलिए बताते हैं कि भोग लगाते समय अगर कोई फल भी है तो फल का भी एक मंत्र होता है उसको शुद्ध करने के लिए पहले भोग लगाने से पहले भोग की सामग्री उसको भी शुद्ध करना होता है केला अब केला में किसकी चेतना गई अरे मान लो क्या पता केला उसने गंदे नाले के पानी से धोए हो पता चल रहा है क्या मान लो तुमने धो लिया घर में तब भी तो उसकी चेतना बनी है ना गंदे नाले से धोए कहां रखें पता नहीं कहां रखें क्या पता केले के ऊपर ही सो रहा है तो उसको शुद्ध करने के लिए एक मंत्र है मैं कथा दो मंत्र को नोट कर लूंगा छोटा सा ही है ओम, भरच, पता नहीं करके, उसे जब हम पानी से तीन बूंद स्पर्श कराते हैं आचमन से तो फिर वो सामीद जाती है उसके बाद हम तुलसी पत्र रखते हैं तुलसी पत्र रखते फिर कोई मंत्र नहीं पढ़ना फिर वही पढ़ना है नमो आवे नमो वाला क्योंकि तो फिर भगवान उसे ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे नियम है विग्रह सेवाओं में डी विग्रह सेवाओं में इतने नियम है कि तुम कर नहीं पाओगे आचमन में सारे मंत्र ओम नारायण साम केशवाए ओम माधव आय ओम गोविंदा है ऐसे करके चार मंत्र हैं। आचमन हो गया कब? भगवान के मंदिर में एंट्री करोगे आचमन बहुत जरूरी है और जो अपन वो चरणामृत लेते हैं उसका अलग मंत्र है ऐसे करके कुछ मंत्र वो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है इस मंत्र की। थी। ठीक है तो बहुत सारे हैं पर इतना नहीं कर सकते जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उतना तो कर मतलब एक्चुअली आचमन रख के आचमन तो कर लो कम सेम वही सीख लो आचमन आचमन मंत्र सीख लो आचमन करके ही हटा लेंगे आचमन करके ही प्रसाद निकालो आचमन करके ही प्रसाद दो अब घंटी भी जूठी हो जाती है बताओ को ये कौन सा संगीत घंटी बजाई ना तुमने तो घंटी झूठी हो गई क्योंकि हमारे शास्त्र में स्पर्श से चीज अशुद्ध हो जाती है मान लो कि हम झूठी मान लो बर्तन तो दिख रहे हैं झूठे हो गए दोनों अब कोई बार घंटी कैसे झूठी होगी घंटी यूज करी ना तुमने जब आरती करी सुबह बजाई तो वह यूज हो गई ना तो उसका तो झूठी होगी ना वो तो उसको कैसे करेंगे शुद्ध वही तीन बूंद डाल के आचमन की एक मंत्र है तीन बूंद डालेंगे तो शुद्ध हो जाएगी फिर अगले आरती के लिए फिर से तैयार बजने के लिए ऐसे ऐसी करताल ही बर्तन सब कुछ थाली नीचे रखी थाली यूज होगी ना एक बार मान लो तुम्हें थाली थाली है और उसमें सारे बर्तन है तो तुम यूज कर रहे हो ना थाली को तो वो यूज होगी तो उसमें मतलब अशुद्ध होगी एक बार मतलब एक बार यूज हो चुकी है वो धोगे ना दोबारा लेकिन हे तो साफ तो उसको शुद्ध करने के लिए तीन बूंद फिर डालते हैं बहुत सारे नियम घबरा नहीं अभी हरे कृष्णा करो खाली बाद में ठीक है रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहां के प्लेटफॉर्म यानी रसोई बनाने के उच्च स्थल चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह धोने ठीक है भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य हो तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में ले मान लो कि नीचे गिरके पर उपयोग हो सकती है तो उसे शुद्ध कर लेने धो ले फिर शुद्ध कर ले फिर गिनाएं अगर वो यूज करने लायक नहीं है तो फिर उसे यूज न करें शौचालय में जाकर आने के पश्चात स्नान किए बिना सीधे रसोई घर में प्रवेश ना करें ठीक है तो अति महत्वपूर्ण हाँ अति महत्वपूर्ण इसके बाद क्या है बस इतना ही हाँ भोग में बाल गिर कर वह दूषित ना हो इसका भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए अति महत्वपूर्ण ये बहुत महत्वपूर्ण है बाल गिरना पता नहीं चलता बाल गिर अशुद गया अशुद्ध हो गया इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता का आ, सतर्कता रखना आवश्यक है रसोई में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांधकर रखना चाहिए भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करें दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ निकालकर भोग के बर्तनों को थाली एवं कटोरी धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें और इसके बाद क्या है फिर नीचे इसमें नीचे आ नहीं रहा अच्छा भाग चार, चार है भक्तों से संबंध एवं व्यवहार तो तो मैं पढ़ रहा था वो तो इसमें आया नहीं इसमें कुछ छूटा है कॉपी है किसी के पास हाँ वही तो बता रहा हूँ नहीं नहीं भाग तीन तो चल रहा है पर इसके नीचे एक और टॉपिक है वो छूटा है फेस्ट इसके बाद एक और है वो छोटा अब टाइम कितना हो गया अट्ठाई के भाग के लिए क्या जल्दी रखिए इसमें कुछ छूट रहा है मुझे लग रहा है तीन ती इसमें आ नहीं, रहा। नहीं, शो नहीं, कर। वाली। एक नहीं नहीं नहीं नहीं भाग तीन के बाद भाग चार ही है लेकिन खाली पेज शो नहीं कर रहा एक टॉपिक और है जैसे ये टॉपिक है ना रसोईघर ऐसे एक टॉपिक और होगा आई थिंक वो मिस है इसमें वहां भी मिस हो गया होगा अपनी क्लास कर कर रहे थे, तो कर रहे थे थे तो इसी से ना है? अरे मैं जो तो पढ़ रहा था ना है क्या चलो फिर कल करेंगे वो अलग मतलब टॉपिक ही रहने दो रहने दो फिर ओके फिर ठीक है फिर कोई नहीं आधा घंटा हो गया तो आज बच्चों को सोने देते हैं सर भी तो बाकी का हम नेक्स्ट वीक लेंगे और कल क्लास नहीं होगी और परसों से हम चैप्टर वन शुरू करेंगे अगर कोई कहे तो फिर बजे क्लास करूं क्योंकि कल के जो एट चैप्टर शुरू एक तो बड़े बड़े हैं फिर। तो अगर है चार बजे तो कर सकते हैं नहीं तो फिर मंडे करेंगे कोई नहीं बोला <laughs> चलो ठीक है नहीं मंडे करेंगे कल एक दिन छुट्टी करेंगे ओके okay, फिर हरे कृष्णा कृष्ण जगदगुरुशील प्रूपादिकी चयताई निताई गौर प्रानंदे हरी हरी वो हरे कृष्णा